दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी आम के आम और गुटलियों के दाम ये कहावत रिलायंस के ऊपर एकदम सटीक बैठती है बात दरअसल ऐसी है क्या आप जानते हैं रिलायंस इस दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी है अब रिलायंस का नाम सुनकर चौंक गए होंगे ना क्योंकि रिलायंस वो कंपनी है जिसका नाम आते ही दिमाग में पेट्रोलियम आइटम और जियो के सिम आते हैं आम तो कभी नहीं आते तो। अब सवाल ये आता है की रिलायंस के साथ ऐसा क्या हुआ था की उनको आम भी बेचने पड़ रहे हैं गजब की जानकारी देंगे इस वीडियो में इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए बात 1997 की है जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रिलायंस की कंपनी को एक इनिशियल नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जामनगर वाली रिफाइनरी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है और अगर आप पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आपकी रिफाइनरी आरोप ताला दिया जाएगा अब देखिए रिफाइनरी है तो पॉल्यूशन तो करेगी ही करेगी लेकिन अम्बानी जी जब वो तेज आदमी है उन्होंने पॉल्यूशन और वो के लोगों से डिस्कशन किया कि देखिए रिफाइनरी से निकलने वाला धुएं को तो कम नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं ये पॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करने के लिए मैं पेड़ लगा दूं तो चलेगा क्या उसके बाद अंबानी जी ने रिफाइनरी के चारों ओर 600 एकड़ में एक लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगा दिए और बन गए दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना